So, दोस्त आप चैनल पे आज हम लोग करेंगे दोस्त दोस्त चलिए स्टार्ट वीडियो हेलो भाई, हो यार? है? हाँ भाई यार ठीक तो हूँ अरे भाई वो मेरे तीन हजार यार उसी के लिए तो मैं तुझसे तो बोलने तो मेरे पांच हजार ऐसा कर तुम मुझको पहले तीन हजार दो मैं दो हजार एक्स्ट्रा करके कर दे रहा हूं। तो तू भी सुन पहले मेरे पांच हजार दो ना मैं तीन हजार काट के दे रहा हूँ भाई लेकिन मेरी तो जेब खाली है क्या यार तुम सब लोग ऐसे हो मेरी जेब खाली है क्या बताऊ ठीक मैं अपने पापा पापा पापा से मांग के देता बहुत मिल मुझको क्या? <laughs> एक चाहिए थे। कितने चाहिए बता पापा वो तो मुझको पास हजार चाहिए थे ले ले तो पापा फिर कम करके दे जा पैंट में रखे पहले अरे वहा पांच सौ रुपया किसको का चल रहा है ले लेते हेलो भाई मेरे पास आ गए पैसे पांच हजार मैं तुझको दे रहा हूँ ले पाँच रख अब मुझसे मत बोलना ठीक है तू भी तुम्हें अपने 3000 रख और मुझसे कभी मत बोलना दोस्तों कहते हैं वीडियो और ये है दोस्त दोस्त ना रहा दोस्तों इस वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कीजिएगा बाय